आए रे आई रे आज दिवाली आई रे अरे भाई दिवाली तो कल है अच्छा आई रे आई रे कल दिवाली आई रे बुद्ध रे भूत बुद, हम लोग हैं भूत कल है दिवाली आज और के सुध फिर कल उठ हम लोग है भूत फुलझड़ी के पैकेट पे बीस रुपए का छोट छोड़ेंगे रॉकेट और फोड़ेंगे बम कल है दिवाली आज नाचेंगे हम बंद करो ये नाच गाना दिवाली इंसानों का त्योहार है हम लोग भूत हैं भूत है तो क्या हुआ हम लोग भी दिवाली मनाएंगे हम लोग भी बम उड़ाएंगे पटाखा छोड़ेंगे फुलझाड़ी जलाएंगे इसका मतलब तू लोग नहीं मानोगे नहीं तो ठीक है जाओ पटाखे लेके आओ इस बार दिवाली हम लोग भी मनाएंगे अभी लाते हैं चलो ए पटाखे ले लो पटाखे एक से एक पटाके यहाँ मिलता है दुनिया का सबसे बड़ा बड़ा पटाखा महंगा महंगा पटाखा ये देखो दो लाख का रॉकेट पचास का बम और ये बम का दाम है थोड़ा कम लेकिन फिर भी उड़ाएगा तो हमको ऐसा बम दिखा जो अपना सर पे फोड़ सके और साला, सर पे फोड़ लेगा हाँ ये लो सर पे फोड़ के दिखा दो और दिखाता हूँ अभी आते। मैं कमिन सर सर पे फोड़ूंगा What? यही तो हमारे मैथ वाले सर है अब अभी पुलिस भाग साला हमको लगा अपना सर पे फोड़ेगा बच गए यार अरे भाई तेरा बाल तो बहुत मस्त है यार और साला एक मेरा बाल है बहुत डेंड्रोफ हो गया है जिससे अगर मेरा बाल झड़ रहा है ऐसा लगता है कुछ दिनों में टकला हो जाऊंगा तो भाई इसका कुछ करता क्यों नहीं है अरे भाई बनिए की दुकान से शैम्पू यूज कर लिया लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है अरे भाई बनिए को छोड़ो तुम यूज करो मुस्टेक का हेयर ग्रोथ कॉम्बो हेयर ग्रोथ क्या ये मुस्टेक का बालों को बढ़ाने वाला कोम्बू है जो तेरे डेंडरफ को कम करेगा और बालों को बढ़ाएगा भी इसके साथ आता है मुस्टेक का हार्वेस्ट शैम्पू ये कोई नॉर्मल शैम्पू नहीं है एकदम नेचुरल शैम्पू है जो तेरी डेंडर की प्रॉब्लम को खत्म करेगा और हेयर फॉल भी बंद करेगा इससे नहाने के बाद तुम यूज करना मुस्टेक का कोकोनट हेयर ग्रोथ क्रीम इसमें होता है एलोवेरा बिट जिससे तेरे बालों का ग्रोथ भी बहुत अच्छा होगा और बाल सेट और स्टाइल रहेंगे बिल्कुल मेरे जैसा भाई तेरा बाल बहुत मस्त है यार हम कुल मंगवाना ये दोनों प्रोडक्ट कहाँ से मंगवाए तो भाई ऑनलाइन ऑर्डर कर लो ना हंड्रेड परसेंट ओरिजिनल प्रोडक्ट आता है घर बैठे बैठे ऑनलाइन कैसे मंगाए रुको हम ऑर्डर करके दिखाते मोबाइल में वैसे वीडियो के नीचे लिंक दिया गया है लिंक पे क्लिक करो अपना एड्रेस डालो और मंगा लो घर बैठे बैठे दो दिन में डिलीवर हो जाएगा अभी मंगाते हैं हाँ तो गाइज मैं इसे पर्सनली यूज करता हूं मुझे इसका शानदार फर्क दिखा है इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं तो आप लोग भी जाओ डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है इसे ऑर्डर करो और यूज़ करो आपको भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा और गैज मेरे सब्सक्राइबर के लिए दिवाली का धमाका ऑफर है अगर आप अभी ऑर्डर करोगे तो आपको बहुत अच्छा डिस्काउंट मिलेगा तो जल्दी जाओ ऑर्डर करो रियूज करो आपको भी हंड्रेड रिजल्ट मिलेगा अभी लगता पुलिस यहाँ भी आ गया हमको लगा सर पे फोड़ेगा सलाम मास्टर भी उड़ा दिया ए ले ले ले लो लो लो एक एक से एक मिलता है दुनिया का सबसे सबसे बड़ा मेरा बेबी को पटाखे दिखाओ हाँ तो जानो आई लव यू तो दीदी कौन सा पटाखा दिखाओ अबे दीदी को छोड़ो हमको दिखाओ दीदी को कहा छोड़ो अभी मेरे कहने का मतलब पड़ा के दिखाओ बम छुड़छुरी रोक मिर्चा ये सब दिखाओ अच्छा तो भाई साहब ये लो बम इसको खोलेगा तबाद करेगा धमाधम अच्छा कितने का है पचास हजार जो ऐसे ऐसी घुमाते है वो वो दिलाओ ऐसे, ऐसे अरे भाई साहब एक छुड़छुरिया मांग रहे छुड़छुरिया छुर छुड़छुरिया ये लो छछुरिया क्या घुमाओ ऐसे कितना पचास रुपया चलते आ मिलता है दुनिया का सबसे बड़ा बड़ा पटाखा महंगा महंगा पटाखा ले लो ले लो ले लो पटाखा देना एक पटाखे ले लो पटाखे ओ भैया पटाखा देना, देना। एक पटाखे ले लो पटाखे एक से एक पटाखा भाई साहब हाँ भैया ये बम कितने का है ये बम पचास हजार का है ले लो ओ भैया भड़ाका देना पचास हजार तो बहुत ज्यादा महंगा हो जा रहा है महंगा है हाँ तो ये रखो ओ भैया पड़ा देना हाँ। ये ले लो सिर्फ पचास रूपए पड़ा देना ये कितने का है ये दो लाख ले लो दो लाख ये तो बहुत ज्यादा महंगा है आवाज भी करेगा महंगा जैसा ओ भैया फटाका देना आप एक काम करो हाँ ये कितने का है पड़ाका देना ये आपको पड़ जाएगा पचास हजार तो आवाज भी करेगा पचास हजार जैसा अरे ओ भैया पड़ाका देना नहीं यार बहुत महंगा। एक काम करो, यही ले लो, पचास में रात भर रहो। भैया पड़ाका देना। अरे उला हम तो भूत है ये हमको देख ही नहीं पा रहा है एक काम करते हैं हम ये पड़ाका चोरी कर लेते हैं ले लीजिये भैया सोचिए मत ज्यादा अरे सलाह पटाका चोरी करता है चलो हाँ ये ये तो भैया बताइए कौन सा दूं काम करो पड़ा का दूर लो सर कितने का है पचास रुपये पचास, पचास रुपये तो नहीं है सर ले बिना पैसा का मिर्चाई पड़ा चलेगा सलाम बूत है कि नहीं हमसे कोई डर ही नहीं रहा है पड़ा क्या है? अरे यार हमसे कोई डर ही नहीं रहा है एक बात बताओ हम भूत हैं कि नहीं एकदम भूत है तो कोई डर क्यों नहीं रहा है नहीं डर रहा नहीं अभी चेक करते हैं वो देखो आदमी जाओ उसे डरा किया अभी आते हैं देखते हैं डरता है कि नहीं आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, देखा डर गया ना इसका मतलब तू पक्का भूत है जाओ उसे डरा के सारा पड़ा कर लेके अभी जाते हैं पड़ा के ले लो पड़ा के। एक पड़ा के। एक से ले लो ले लो ले लो। बस है। अरे भाई हम भूत है भूत तो हम क्या करें तो हमसे डर हो अच्छा डर है हाँ डरा वाँ। वाँ। ये गेम डर <laughs> गए जा डिस्टर्ब करने आ जाता है ले लो एक एक ले लो ले लो अरे भाई साला वो हमसे डरी नहीं रहा है नहीं डर रहा नहीं तो कुछ तो सोचना पड़ेगा हाँ ये सही है अभी जाते हैं चाहो के एक पड़ा के यहाँ पड़ा के, अरे वो भाई साहब एक पैकेट बम देना नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा बेचना या नहीं बेचना है नहीं बेचना है What? साला लगता पैसा का घमंड हो गया है जा रहे साला दूसरा दुकान भाई पड़ा के दिखाओ नहीं मिलेगा अबे पीछे मुड़ के तो देख अरे अरे भाई तुम ये लो ये बम रखो ये मिर्चाई पड़ा के बी ये भी लो याब उड़ाओ पैसे कितने हुआ? अरे भाई तू तो मेरा लंगोटिया यार है, फ्री वैसे भी पैसे होंगे तुम्हारे पास? अरे, बम कहाँ गया पड़ाका अरे यार लगता कुछ चोरी कर लिया पटाखे लो पटाखे एक से एक पटाखे यहाँ मिलते हैं दुनिया का सबसे बड़ा बड़ा पटाका महंगा महंगा पटाका ले लो ले लो, ले लो लेन कहा पटाखे दिखाना हाँ भैया बताइए कौन सा पटाखा दिखाओ भाई तेरा दुबई जाने का फ्लाइट मिस हो गया क्या वा? फ्लाइट मिस हो गया हाँ अरे यार अरे भाई क्या हुआ अरे यार दुबई जाने का फ्लाइट मिस हो गया दुबई जाना है हाँ इसमें फ्लाइट की क्या जरूरत है ये देखो रॉकेट ये दुनिया का सबसे बड़ा रॉकेट है इसको यहाँ उड़ाएंगे डायरेक्ट बुज के बिल्डिंग में उतारेगा क्या बात कर रहा है भाई हाँ कितने का है ये पूरे दो लाख रुपए अच्छा उड़ा के दिखाना चलो दिखाते चलो चलो पकड़ो जोर से बढ़ना ठीक है ठीक है को फा तो फे अच्छा। अरे भाई पैसे तो देखे तो से देता हूं। अरे साला, साला पूरा दो लाख का चोना लगा दिया पटाखे लो पटाके एक से एक पटाके यहां मिलता है दुनिया का सबसे बड़ा बड़ा पटाखा मिलता है दुनिया का सबसे बड़ा बड़ा पटाखा महंगा महंगा पटाखा सब मतलब हाथ उठा अबे साले मेरा कहने का मतलब हाथ पर करो अपना हाथ पर करो ओ। मैंने सुना तूने एक मास्टर के सर पे बम फोड़ दिया सर दरअसल बात ये कि एक लड़का आया था मेरे दुकान में बोला कोई ऐसा बम दिखाओ जो अपने सर पे फोड़ सके हमको लगा अपना सर पे फोड़ेगा लेकिन साला जाके मास्टर के सर पे फोड़ दिया इसमें मेरा कोई गलती नहीं सर हाथ करो। तो इसमें मेरा कोई गलती नहीं है सर वो बम तेरे दुकान से ले गया था हाँ सर तू भी साथ में गया था हाँ सर गिरफ्तार सर मेरा कोई गलती नहीं सर चलो बड़का बड़का बम बेचते हैं सर चलो जाओ जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आ जाओ जल्दी आ जाओ ये रहा दुकान और दुकान कोई नहीं अरे भाई लोग ये देखो रॉकेट सबसे बड़ा यही है चलो सबसे पहले इसको उड़ाते हैं चलो चलो हेलो गाइज तो गैज बताओ आप सबको ये वीडियो कैसा, कैसा लगा? लगा अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए कमेंट कीजिए शेयर कीजिए और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और गैज मुस्टेक का प्रोडक्ट काफी अच्छा है मैं इसे पर्सनली यूज करता हूँ तो आप लोग भी जाओ लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है इसे ऑर्डर भी हंड्रेड रिजल्ट मिलेगा थैंक यू सो मच गैस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय